दोस्तों भगवान विष्णु ने अनेकों बार इस धरती की रक्षा की है इसके लिए उन्हें अनेकों बार अनेक प्रकार के अवतार भी लेने पड़े जैसे कि मत्स्य अवतार ये अवतार मछली की तरह दिखता था और कूर्म अवतार ये कछुए की तरह दिखता था और बढ़ा अवतार यह अवतार सुवर की तरह दिखता था और भगवान नरसिंह अवतार इस अवतार में भगवान आधे शेर और आधे इंसान के रूप में दिखे थे और उसके बाद परशुराम अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार बुद्ध अवतार उसके बाद कलकी अवतार इन सभी अवतारों में से हम सभी जानते हैं कि कल के अवतार को छोड़कर बाकी सब अवतारों में भगवान श्री विष्णु अवतारित हो चुके हैं लेकिन हम सब यह नहीं जानते हैं कि ये सभी अवतारों को छोड़कर कल के अवतारों में भगवान अवतार ले चुके हैं या भविष्य में लेने वाले हैं दोस्तों भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं हम सब जानते हैं कि वो सभी उन्होंने काल के अलग अलग चक्रों में लिए हैं। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ त्रेता युग में राम अवतार हुआ द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम कल अवतार होगा ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए है तब तब उनके अवतारों में अलग अलग शक्तियाँ होती थी और वे अलग अलग अस्त्रों एवं शस्त्रों से लैस होते थे भगवान परशुराम फर्से का प्रयोग करते थे भगवान राम धनुष एवं बाण का प्रयोग करते थे भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे लेकिन दोस्तों की आपको ये पता है कि भगवान विष्णु जब कल के अवतार लेंगे तो उनके पास कौन कौन से अस्त्र एवं शस्त्र होंगे उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी और उनके गुरु कौन होंगे यानी की उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी प्रिमेटिव हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए और दोस्तों जरा आप देखिए कि वीडियो को देखने के बाद कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अरे आपको तो एक हिंदू होने के नाते इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन आप वो भी नहीं करते अरे हिंदू धर्म आरोप वीडियो बनाना बॉलीवुड की तरह मूवी बनाने जितना आसान नहीं है की साउथ ऐसी स्क्रिप्ट उठाया और रिलीज कर दिया क्यूँकी आप लोग तो बैठे ही हो देखने के लिए दोस्तों यदि आपको बातें बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ लेकिन अगर आपको वीडियो जो हमारी हर मुश्किल में मदद कर सकती है दोस्तों भगवान कलकी की अवभक्ति कुछ इस प्रकार है की वहाँ एक का भला ना चाह कर पूरे संसार का भला चाहता है वह व्यक्ति भगवान श्री कलकी की भक्ति करता है मतलब की वह उनसे यह चाहता है कि कल्कि के अवतार जन्म ले और इस धरती पर से पाप को मिटा दे। दोस्तों कलयुग यानी कि कलह कलेश का युग जहां पर सबके मन में असंतोष हो दूसरे के प्रति घृणा हो और उसे ही कलयुग कहते हैं दोस्तों कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत के समय से ही हो गई थी कलयुग ने अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया था